स्टार गेजल दोस्तों एक ऐसी मछली है जिसकी आँखें सर के ऊपर होती हैं और दूसरी मछलियों की आँखें साइड पर होती हैं स्टार गेजल के दो कांटों में जहर होता है और एक कांटे में इलेक्ट्रॉनिक छोट देने की पावर होती है लेकिन फिर भी इंसान इनको खाना पसंद करता है और वैज्ञानिक अभी तक भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं जुटा पाए हैं एलोन मस्क के बारे में आप सब जानते हैं वे अपने अद्भुत कारनामों के लिए जाने जाते हैं अद्भुत कारनामों में एक कारनामा यह भी है जब उनके घर में उनके बेटे का जन्म हुआ तो उन्होंने उनका नाम रखा एक्स ए ई ए ट्वेल्व दोस्तों सोच अलग काम अलग और नाम भी अलग दो हज़ार में लोग शायद ऐसे ही नाम रखा करें क्या आप भी अपने बच्चों का कुछ ऐसा ही नाम रखोगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस